हेलो गाइस आज का वीडियो में मैं आप आपको स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बुद्धा जी का चालचित्र बना के दिखाने वाला हूं तो गेट रेडी तो बड़ा से गोल से सर्कल बना लिया है अब उसमें छोटा से एक सर्कल बनाऊंगा कुछ इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग कुछ डबल लाइन कर देंगे इसमें अब आप अपने मन का कोई भी पैटर्न बना सकते हो बाहर वाले सर्कल अब इसके अंदर कुछ फिल करना है इस तरह के पैटर्न बना लेंगे आउटो वाले लेर में अब हमको लग अब हम लोग इसमें बुद्धा जी का फेस बनाने वाले हैं। इस तरह से और अब हम लोग इसमें कलर कर देंगे